सिंगरौली जिला न्यायालय में दो पक्षों में विवाद हो गया देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला करना शुरू कर दिया जिसमें एक युवक घायल भी हो गया पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कर दिया और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है सिंगरौली जिले के माड़ा थाना क्षेत्र के निवासी आपसी विवाद के केस को लेकर जिला न्यायालय पहुंचे थे न्यायालय में एक दूसरे से कहा सुनी होने लगी और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष दूसरे पक्ष से गाली ग्लोज कर मारपीट करने लगा हालांकि वहां उपस्थित लोगों ने इन्हें अलग करने की कोशिश की लेकिन एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया जिससे एक पक्ष का पैतीस वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया और घायल युवक को इलाज के लिए जिला ट्रामा सेंटर भेजा